बंद महत्म गई पहली बात हम में से ज़्यादातर लोग अपने मोटापे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में एक ऐसा जीप है जिसका बच्चा पहले साल में ही हर एक दिन 10 20 और 30 किलोग्राम नहीं नब्बे किलोग्राम तक अपना वजन गेंद करता रहता है उस जीप का नाम है ब्लू होल हर दिन नब्बे किलोग्राम वजन गेंद करते करते बयस होते होते लगभग एक लाख चालीस हज़ार किलोग्राम तक हो जाता है गाइस ब्लू वेल का इतना वजन बढ़ने के पीछे कारण क्या है जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए दूसरी बात गाइस, गूगल और यूट्यूब का एक मज़ेदार सा किस्सा सुनाता हूं। क्या आपको पता है गूगल ने यूट्यूब को 1.6 बिलियन डॉलर से खरीदा था मुझे की बात यह है गूगल ने उस टाइम यूट्यूब का सी ई ओ नामक महिला को बताया और ये वही महिला थी नाइनटीन नाइनटी में लारी पे और उनके दोस्त को गूगल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपना गैराज रेंट पर दिया था और उसके बाद एक एम्प्लॉयज के तौर पर गूगल कंपनी में ज्वाइन किया था और आज वही YouTube की सीईओ है ये मज़ेदार सा किस्सा जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए इसी वही प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं आती सब लिए एक दिन न एक दिन प्रॉब्लम अपने लाइफ में आती है और प्रॉब्लम को फेस करने के तरीके से आज कोई आसमान पर है और कोई रास्ते में कोई बिलगेट है तो कोई कुछ भी नहीं चलिए इसे हम आसानी से समझते हैं क्या आपको पता है जब बारिश होती है एक और सारे पक्षी अपने छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं वहीं पे बाद बारिश की परवाह ना करते हुए बादलों के ऊपर चला जाता है यहाँ पर जितने भी देर तक और ज़्यादा बारिश होने पर भी बाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए बाज को किंग ऑफ बाड़ कहा जाता है गाइड इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रॉब्लम को सामना करते हुए प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए ना कि पीछे हो जाना बाज की ये मजेदार सा किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद